ही मीन शही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 سَوْفَ يَعْلَمُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ اتَّسْمِقُ مِنْ أُمَّتٍ أَجَلَّهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُ और इन in... उली व मसूलिन इन तीन kada إنما سكيت أبصارنا بل نحن قوم मियु स्रु नल नहन कऊल्ल मुहमदि दोरात इससे पहले कि मैं अगले नौहा नौहाँ को दावत दूं एक बहुत अजीब दौर गुजरा है एक बहुत अजीब सा वक्त गुजरा है न जाने कितने हमारे अजीज कितने हमारे दोस्त कितने हमारे चाहने वाले कितने हमारे भाई कितनी हमारी बहनें इस वबा का शिकार हो गईं, दुनिया से रुख्सत हो गईं। कितनों कितनों ने अपने वालदान को खोया है कितनों ने अपने भाई बहनों को खोया है कितनों ने अपने जवान बच्चों को खोया है हर साल जब मजलिस का आगाज होता था तो कुछ पर्चे मिल जाते थे और कहा जाता था कि सूर्य फातहा पढ़ा दिया जाए लेकिन खुद इस हुसैनिया में जाने कितने लोग ऐसे दफ्न है जो इस वबा का शिकार हो गए तो आइए एक मरतबा सूरय हमद और तीन मरतबा सूर्य तोहहीद की तलावत और बाहर उन तमाम लोगों की और जुमला ममिनिन ममिनात जो इस दुनिया से रखसत हो गए हैं उनकी रूह को बख्शे मैं गुजारिश मैं गुज़ारिश करूंगा जनाब नासिर हुसैन साहब से कि वो आएँ और नहा पेश करें बाबा बल्ला नाराय सलवाद अलैक आज पहली मुहर्रम हो गई है और मौला हुसैन हम सबके घरों में मेहमान एक नार सलवान मैं मेजबान और मेरे मेहमान हुसैन मैं मैं मेजबान और मेरे में हुसैन मैं मेजबान और मेरे में हुसैन मेरा गरीब खाना कहा और कहा हुसैन मेरा गरीब खाना कहा और कहा हुल रे वे कलाम है सर नो के सिना हुन मै वे कलाम है सरे नो के सिना हुन में कलाम है सर नो के सुना हुसैन में वे कलम है सरे नो के सुना हुसैन मकतूल होके भी है खुदा की जुबान हुसैन मकतूल होके भी है खुदा की जुब हुसैन ये सब मरखीन अरब की साजिश ये सब मुआरखीन अरब की साजिश वरना यजीद नहस्त कहाँ और कहाँ हुसैन वरना यजीद नस्त कहाँ और कहा हुसैन लहजे का रख रखाव है इस बात का सबूत लहजे का रख रखाव है इस बात का सबूत लहजे का रख रखाव है इस बात का सबूत कुरआन के दहन में है तेरी जुबान हुसैन कुरान की दहन में है तेरी जुबान हु कुरआन के दहन में है तेरी जुबान लहराता हर मकान पर अब्बास का कालम लहराता हर मकान पर अब्बास का कालम आजात गर्म दीन से हिन्दोसिता हुसैन आजात गर्मदीन से हिन्दोसिता हुसैन लहराता हर मकान पर अब्बास का कालम लहराता हर मकान पर अब्बास का कालम आ जाते गरिमदीन से हिन्दोसता हुसैन आ जाते गरिमदीन से हुसैन दे अंजार करती रहती है कुलदे बी तो अंजार करती रहती है कुलदे बी तवाप अंजार करती रहती है कुलदे बी तवाप जब से हमारे घर में हुए मेहमा हुसैन जब से हमारे घर में हुए मेहमा हुसैन मैं मेजबान और मेरे मेहमा हुसैन मैं मेजबान और मेरे मेहमान सैन मेरा गरीब खाना कहाँ और कहाँ हुसैन मेरा गरीब खाना कहाँ और कहाँ हुसैन एक नारेश सलवाद बस चंद मिनटों में आफ्ताब शरीत अली जनाब मौनाना सदकल जवाब साहब हमारे दरमियान होंगे और रौनक अफर मंबर होकर मजलिस को खिताब करेंगे फलक पे चाँद मुहरम का जब निकलता है फलक पे चाँद मुहर्रम का जब निकलता है गमों का दरिया हर एक सिम से उबलता है फलक पे चांद मुहर्रम का जब निकलता है गमों का दरिया हर एक सिमत से उबलता है और सफ़े अजाब पे जो गिरते हैं सबकी आँखों से सफ़े अजाब पे जो गिरते हैं सबकी आँखों से इन आंसुओं में भी एक इनकलाब पलता है और अब मैं गुजारिश गुजार हूँ मासूम लखनवी साहब का कि वो आएँ और नहा पेश करें क्योंकि दो तीन मिनट का वक्त बाकी है और मौलाना अभी बस तशरीफ ला रहे हैं और महीने का आगाज साढ़े दस बजे होगा तो मैं गुजारिश करूंगा मासूम लखनवी साहब से आ गए हैं क्या आ गए आ गए मौलाना तशरीफ ले आए हैं अब क्योंकि वक्त जाहिर है कि नहीं बचा है दो तीन मिनट कभी वक्त नहीं बचा है मौलाना तशरीफ ले आए हैं और कुछ अहम ऐलानात आप हजरात के सामने पेश कर रहा हूं समात फरमा लें कि इस हुसैनिया के बाद जिस तरह से मजलिस का दस्तूर जैसे होता था जैसे मज़लिसें चलती थी उसी तरह से होगी बस कुछ कोविड गाइडलाइंस का पालन है उसके हिसाब से चलना है लेकिन ना तो मजलसों में कोई कमी है ना जो अशरे होते थे उनमें कोई कमी है इमाम मीर जैनद्दीन ख़ान में भी जिस तरह से अशरा होता था सुबह नौ बजे वहाँ पर भी अशरा अशरा मजालस जो है वो मनद हो रहा है मीर इमाम वाला मीर मीरबीन खान हरदोई रोड कालीचरण कॉलेज के पास मौलाना फिरोज अब्बास साहब खताब करेंगे उस कशरे को कर रहे हैं आज पहली मजलिस वहां सुबह नौ बजे हुई है और कल से भी बास्तूर जैसे होता था वैसे चलता रहेगा और मौलाना तशरीफ ला चुके हैं और मेम्बर होंगे और मजलिस को खिताब करेंगे इग्नार Lap back, ya Hussein. Lap back, ya Hussein. Lap <laughs> back, ya Hussein. Lap back, ya Hussein. Lap back, ya Hussein. Lap back, ya Hussein. Lap back, ya Hussein. Come on. आप हजरात जो यहाँ मौजूद हैं मेरी गुजारिश है कि जो मास्क नहीं लगाए हैं वो बरए मेहरबानी मास्क लगा लें जो मास्क नहीं लगाएं मेरी उनसे गुजारिश है मास्क लगा लें नारे हैदरी दरी बना من الشيطان بسم الرحمن الحمد رب والسلام على समीलिशन बिस्मिल्लमरहीमदिल्लबिलमी सलासल सदल्दियालीम والنبينا नावनबी नाव शफफ़ी नबीना محمد الطيبين الطاهرين المعصومين अम्मा बद فقد قال الله سبحانه तब इलमुबी बहुवा अजदुलकयलिन माँ आता कुमर रसूल फ़ू हो माँ नहा कुमान हो फन तहू शलवाते पहले तो मैं याद कर दूँ पीठ में बहुत शदीद तकलीफ़ का मैं शिकार हो गया और स्लिप डिस्क तो तकरीबन तो पंद्रह साल पुरानी है लेकिन इधर इधर सफ़र बहुत ज़्यादा हो गए जिसकी वजह से शरीद तकलीफ बढ़ गई लेकिन बैठने में मुझे बड़ी दिक्कत होती है और डॉक्टरों का कहना है कि पंद्रह मिनट से ज़्यादा लगातार न बैठी है <laughs> दायरे कम एडलिस पंद्रह मिनट की तो बनी सकती लिहाजा आप शायद उतनी खिदमत करते थे शायद ना हो पाए कुछ कमी रह जाए लेकिन एक इन शाज जारी है अल्लाह ने चाहते हो तबीयत दुरुस्त हुई थी तो, तो वैसी खदमत होगी शायद दो तीन दिन तो शायद ज़रा सा दिक्कत रहे मुझे लेकिन एक डॉक्टर ने बताया कि नहीं दो तीन दिन में इन शर्द जो है दर्द में कमी हो जाएगी तो बारह उसके लिए माजरत पहले ही से और ये मजिस् है कि चलो अदीम तरीन मजलिसें हैं इस लखनऊ की और आप याद रखें कि इमाम हुसैन का वो ग़म है कि जितना ज़माना बढ़ता जाता है और आगे बढ़ता जाता है उतना ही गम इमाम हुसैन में इजाफ़ा होता चला जाता है और यहाँ की एक पहली मजलिस की खसूसियत यह रहती है कि जरा सा यहाँ के जो अजा के जो तो खादम हैं जिन्होंने अजा की खिदमत की है उनका भी एक हल्का सा तस्करा हो जाता है हल्का सा इशारा हो जाता है तो इसलिए ज़रूरी है ख़ासतौर पर बच्चों और जवानों को बताना ये ज़रूरी है कि ये बजसें शुरू कब से हुई हैं और ये अंदाज़ मजलिसों का कब से शुरू हुआ है तो पहले यहाँ पर लखनऊ में फिश या हजरात लेकिन ये वो तकैह में उम्र रहते थे और अक्सर जो थे वो सूफी बसलग थे यहाँ से लिहाजा उन्हीं के हिसाब से यहाँ पर मजूसें भी होती थी उन्हीं के हिसाब से राादारी भी होती थी और उन्हीं के हिसाब से अज़ाय मावस्या भी मनाई जाती थी तो उसमें जैसे कि आज भी आप देखा होगा आप अगर चले जाएँ फूल कटोरा करबला जहाँ भी एन सुन्नत वहाँ पर आजा मनाते हैं और अगर इसी में एक शलवार और भैजमोह तो उस पर आपने देखा होगा कि ढोल भी होते हैं ताशे भी होते हैं और वह सब कर जो उस तरह के वो लोग अकीदे के लिहाज से वो करतब वगैरह दिखाते हैं उस तरह से डाठिया भी है उसके बाद वह और भी उसी तरीके से यहाँ भी अदादारी हुआ करती थी लेकिन जब जनाब वमाबल्ल रहमया तशीफ लाइक के जो नशील आबाद उनका वतन और उसके बाद वहाँ उन्होंने वहाँ तालीम हासिल की लेकिन जाहिर है कि वहाँ पर उसातजा नहीं थे तो लिहाजा तालीम हासिल करने वो लखनऊ आए और लखनऊ में यहाँ पर उन्होंने यहाँ के से जो थी वो इल्म हासिल किया उन्हें ने और उसके बाद फिर जो यहाँ के वजीर आजम थे रजा अली खां उनका नाम था उन्हीं से कुछ रवाबित हो गए तो फिर उन्हीं उनको इराक़ जो है वो इंतज़ाम किया जाने का तो आपको सुनकर ताजुब होगा कि यहाँ से इराक़ देखिए और फ़ासला देखिए और उन्होंने पैदल सफ़र किया यहाँ पैदल यहाँ से इराक़ का सफ़र किया जहाँ पर दरिया मिलते थे तो तो किश्तियों के ज़रिए से उस पर सफ़र होता था तो ख़ुद उनकी सवानी भी लिखा हुआ है कि ऐसे तूफ़ानी वो दरिया और समंदर होते थे कि किश्ती आगे बढ़ती थी थोड़ी सी और फिर पलट कर पर आ जाती थी फिर बढ़ती थी फिर तूफ़ानी मौजों की वजह से पलटकर कर पर आ जाती थी बड़ी मुश्किल से उन्होंने दरिया पार किए समंदर पार किए तब कहीं जाकर करा वो पहुँचे और वहाँ के बड़े बड़े से उन्हें ने जो है वहाँ से तहसील इल्म किया मेहदी बहरुलूम वो भी उनके उस्ताद रहे उसके अलावा और बहुत बड़े बड़े जो थे उनके वो उसद रहे मेहदी बहरुल्लूम के सिलसिले में इसका मेरे शायद कबीर से भी, भी किया था जिस पर मैं उम्म में तालीम हासिल करता था तो एक बुज़ुर्ग आकर हमसे मिले एक बुजुर्ग ने आकर हमसे मुलाकात की और उन्होंने ये कहा कि हम मेहदी बहरूम के खान वादे से हैं देखिए ये तो पहले हमारे खान वादे में मशहूर था ये सब ये वाक़ात लेकिन तस्दीक कैसे हो रही है उस उन वाक़ उनकी तस्दीक कैसे हो रही है अल्लाह उन्होंने कहा कि इतहाई दुरुरा शख्सियत है इतने बुजुर्ग शख्सियत थे वो कि हम अमाम मेहदी बहरा के ख़ान वादे से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे यहाँ वाक़िया जो नसलबाज़ नस्ल चला आ रहा है वो हम आपके बयान करना चाहते हैं कि उन्हें ने बयान किया हमारे तो ख़ानदान वालों को तो मालूम था आप लेकिन उनके ज़रिए से तद्दीक थी क्योंकि तो उन्होंने कहा कि आपके जद जनाब सै दिलदार फरमाबरम थे वो हमारे जद के शागिद रहे हैं वहाँ राख में इराख में में शागिरद रहे और उसके बाद उन्हें बताया कि, कि मेहदी बहुम वो शख्सियत है कि जिससे इमाम ज़माना की कई मरतबा मुलाकात हुई इमाम की कई मरतबा उससे मुलाकातें हुई हैं और मेहदी बहरूम बहरूम के नाम से उनका लक़ब बहरूम नाम नहीं था नाम मेहंदी था उनका लेकिन बहरूम ल़ब उसको दिया गया था यानि इल्म का समंदर इल का समर कि उनके इलमी बुलंदी की वजह से उनको लोग बहरूम कहने लगे जैसे फ्राम आप कहा जाता है उसी तरह से बहरूम उनको ज़माने में कहा जाता था तो उन्हीं उनके ख़ान वादे की एक बुजुर्ग शख्सियत मिली कि हमारे ख़ान वादे में ये बात मशहूर है और हमारी नसलम नसल हमारे तक चली आ रही है कि आपके वो तो जो बुज़ुर्ग के ख़ानदान थे जिस वक्त वो तालीम वहाँ पर हासिल कर रहे थे और ज़ाहिर के वहाँ रोज़े में ही आज भी तालीम जो होता है दर्श होता है रोज रोज़ों में दर्श होता है मस्जिदों में होता है अब तो मदरसे बहुत बन गए लेकिन पहले ज़माने में सिर्फ बड़े बड़े मदरसे नहीं थे बल्कि या मस्जिद में दर्स होता था या रोज़े के अंदर ही दर्ज दिया जाता था तो रोज़े इमाम हुसैन में दर्स हो रहा था एकक जनाब मेहदी बहुरूम खड़े हो गए और जितने भी तालब इनके थे उन सबसे कहा कि आप सब भी खड़े हो जाइए ताज़ीमन खड़े हो जाइए लोगों ने कहा कि क्या क्या बात क्या कहा कि, कि इस व्यारत के लिए हमारा इमाम आ रहा है इमाम हुसैन के रोजे की ज़्यादत के लिए हमारे आखिरी इमाम तशीफ ला रहे हैं थोड़ी देर तक सब ताज़ीम खड़े रहे उसके बाद उन्होंने कहा कि आप सब उसके बाद उसी दौरान कहा उन्होंने कि जो दुआ मांगना है मांग लीजिए ये वो बयान कर रहे हैं ये मैं नहीं बयान कर रहा हूँ वो बयान कर रहे हैं कि हमारे जज ने कहा अपने तालब इल्मों से कि जो दुआ मांगना है मांग लीजिए इस वक्त की दुआ रद्द नहीं होगी इस वक्त हमारा आका जो है वो यहाँ मौजूद है हमारा मौला यहाँ पर मौजूद है जो दुआ मांगना हो मांग लीजिए उसके बाद थोड़ी देर बाद कहा कि आप लोग बैठ जाइए इमाम तैयारत करके तशीम ले जा चुके उसके बाद फिर दर्श शुरू हो गया उन्हें अपना दर्श देना शुरू किया दर्श देने के बाद जो बैठे थे उनसे कहा कि अच्छा ये बताइए कि आप लोगों ने दुआ क्या मांगी किसने क्या दुआ मांगी अब ये मैंने कहा कि ये तो हमारे खानदान में पहले से वाक़ था ये लेकिन तस्दीक उनसे हो रही है कि जो उनके खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं कहा कि फिर अब मेरे जज ने पूछा मेहदी बहुला ने कि ये बताई कि आप लोगों ने दुआ क्या मांगी किसने क्या क्या दुआ मांगी हर एक से पूछना लेकिन तुमने क्या दुआ मांगी कहा कि आ, मैं कोई बीमार चल रहा हूं तो मैंने दुआ मांगी कि मेरी बीमारी दूर हो जाए <coughs> किसी ने कहा कि मेरे पास मकान नहीं रहने को है मैंने ये दुआ मांगी कि वो मकान मुझे मिल जाए किसी ने कहा कि मेरी शादी नहीं हो रही है <coughs> लिहाजा मैंने दुआ मांगी कि शादी हो जाए ये मैंने दुआ हर एक अलग अलग मोहतर मोहतर अपनी तमन्नाएँ बयान की कि हमने ये तमन्ना हमारी ये दुआ हमारी ये दुआ हमारी ये दुआ हमारी दुआ और उसके बाद जनाबराम आपकी नौबत आई तो उनका दिलदार अली आपने क्या दुआ मांगी तो और कहा कि मैंने ये दुआ मांगी है कि पाले वाले उलूम दीनिया को मेरी नस्ल में बरकरार रखना एक शलवार भेजे वाला मेहदी बहुम कहते हैं कि तुम सब की दुआएँ कबूल हुई और ए दिलदार अली क्योंकि नाम दिलदार अली आपकी दुआ भी कबूल हुई है ये तो यही वजह है कि आप देखें कि चाहे वह दादिहाली सिलसिला हो चाहे वह नानिहाली सिलसिला हो माशा हर जगह आपको आज भी मिलेंगे कल भी थे और यह दुआ का इन शसर है कि ताम क्यामत की सिलसिला कायम और बरकरार रहेगा और नानिहाली सिलसिले में मैं भी हूँ और नानीली सिलसिले में हमारे मौलाना जो तशी फर्मा है मौलाना हैदर अब्बा साहब और उनके फ़र्जन ये भी नानीली सिलसिले में है तो अलहदुल्ला जाहिर है कि मैं अपने लिए तो नहीं कह सकता लेकिन और हमारे ख़ानदान में भी और लोग हैं जो वलुमा हैं और यहाँ भी माशा उसी तरह से बरकरार है कि जिस तरह से खाना वादी पहले तक शलवा भेजे पर मद तो उन्हीं ने ही जब यहाँ पर वो लखनऊ में तशीफ लाए तो जब देखा उन्हीं उसके ज़माने में अब तकैया ख़त्म होता है अब शिया जो है खुलकर सामने आते हैं अब आसफुल्दौला जो है वो यहाँ के ऊपर हाकिम है एक शिया हाकिम है और एक शिया हाकिम है और हिदायत करने वाला एक बड़ा आलिम मुश्त है लिहाजा उन्हीं के लिहाज से ये जो है यहाँ के ऊपर अदादारी का सिलसिला शुरू हुआ यहाँ पर इतमाम बड़े तमीर हुए यहाँ के ऊपर अलहमद और आपने देखा कि जितने बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं उन्होंने अपने महल तमीर किए हैं उन्होंने अपने मकबरे तहमीर किए हैं अज़ीम शान मकबरे हैं ताज महल आपको मिल जाएगा इमदुल्दवा का मकबरा, इतमादवाला का मकबरा आपको मिल जाएगा लाल किला आपको मिल जाएगा फुला किला आपको मिल जाएगा लेकिन येमा की हिदायत और तालीम का असर था कि यहाँ के बादशाहों ने ना अपने लिए बड़े बड़े महल बनवाए ना अपने लिए बड़े बड़े मकबरों का इंतज़ाम किया बल्कि इस दुनिया का सबसे बड़ा इमाम बाड़ा आपको लखनऊ में मिल जाएगा इसलिए बिला तकल्लुफ़ आप कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा इमाम बाड़ा सबसे बड़ा इमाम बाड़ा जो आपको मिलेगा तो इस लखनऊ में मिलेगा मुर्शिदाबाद में बहुत बड़ा इमाम बाड़ा है वो भी बहुत बड़ा इमाम बाड़ा है लेकिन उसकी वसत के इसकी वसत के सामने उसकी भी वो भी मुस्तक उसकी नहीं ठहरती है लिहाजा बड़ा होने के बाद भी आज तक ये बड़ा इमाम बाड़ा यही कहलाता है आवाम में बड़े इमाम के नाम से यही मशहूर है तो ये क्या था ये की तालीम थी ये उनकी हिदायत थी ये उनके असरात थे कि जिसकी वजह से वो बादशाह जो सिर्फ दुनियावी काम में मसरूफ़ रहते थे वो सब मजहबी कामों में मसरूफ़ हो गया जिसकी वजह से आज़ादारी में ज़बरदस्त इजाफा हुआ ज़बरदस्त इजाफ़ा हुआ यहाँ के ऊपर वो तमाम चीज़ें जो पुराने ज़माने में होती थी वो सब मथरूक हो गई और लोग कहते हैं कि साहब इस पर शरीत का क्या तल्लु है इस सुलझना का शरीत से क्या तल्लु है और साहब ये ताबूत का शरीत से क्या तल्लु है ये हदब के शरीत से क्या तल्लु है तो मैं याद करूँगा कि भाई हम तो मुकलस हैं मुशतद नहीं है लेकिन इतना जानते हैं कि एक मरज़ वक्त ये तमाम चीज़ें जारी की थी ये पहले जुलझना नहीं होता था कि उन्हीं ने यह जारी किया जो जुलझना का पहले तो और पता ही क्या क्या चीज़ें होती थी सदू का बकरा होता था और पता क्या होता था और क्या होता था वो तारीख व तमाम मौजूद है वो बयान भी करना है लेकिन ये जुलझना को जो मतारफ कराया है वो जनाब फरमाब ने इसी से ये ताबूत की शक्ल सूरज जो है उन्हीं की दी हुई है यह हलम की शक्ल जो है ये उन्हीं की दी हुई है ये मजिसे जो है वो उन्हीं के ज़माने से इस अदा से शुरू हुई हैं तो इसका मतलब यह है कि लखनऊ की तारीख में सबसे बड़े खादम अजा का अगर कोई नाम है तो हमारे जज सैद दिलदार अली रहमा है एक शलवा भेजे उसके बाद यहाँ की अदादारी जब पाकिस्तान बन गया तो यहाँ के यहीं के लोग वहाँ पाकिस्तान जाते हैं और यहाँ के जितने भी रसूम हैं वो सब वहाँ भी जारी हो गया इसके अलावा जहाँ जहाँ उर्दूँ तबा है जहाँ जहाँ भी अदा लखनऊ नहीं पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ अदादारी हो रही है उसी तरह से अदादारी होती है जिस तरह से लखनऊ में होती है इसी तरह से अदादारी होती है और फिर ये जब दूसरे मकामात पर लोग फैल गए तो पाकिस्तान में जो अदादारी हो रही है वो भी इसी अंदाज पर हो रही है कि जैसे लखनऊ में हुआ करती थी और दुनिया में जहाँ जहाँ जो उर्दूद तबका मौजूद है वहाँ उसी तरह से रजेदारी हो रही है जो जनाब गुफराम ने जिस तरह से शुरू की थी तो इसका मतलब है कि स्वात सिर्फ लखनऊ तक महदूद नहीं है बल्कि स्वाब पूरी दुनिया में फैल गया है एक शलवा भेजे बना नवाब और यह कहना भी बहुत ज़रूरी है बहुत लाजिम है कि उसके बाद उसके शागिदों का सिलसिला शुरू होता है वो में दीन जो है वो पहुँचाना शुरू करते हैं उसके बाद उनके 40 अजीब शागर्द जो ख़ुद मुश्त थे और दर्ज पर फ़ायद हो गए थे जनाब उकरमा की शागिर्दी में फिर उनको पूरे हिंदुस्तान में तबलीग के लिए उन्होंने भेजा था इसी तरह से खानवादे अबकात के जो बुज़ुर्ग थे अलाम अली खली साहब जो नासुरम्लत के जद थे और अमाम हामिद हुसैन आम के वालि थे वो शागिर थे हमारे जनाब नदार्लराम के और वह फिर मुफ्ती की है इससे वहाँ बेरठ पर रहे वहाँ उन्होंने तबलीफ फरमाई इसी तरह से फैजाबाद में जो खान वादा है वह भी शागिरद है जनाबराम का इसी तरह से बनारस का जो खान वादा है वो भी शागिद है जनाबराम का इसी तरह से जौनपुर के जो खान वादे हैं वो भी शागिरदी का सिलसिला जो है वो जनाबरमा ही से है इसका मतलब यह है कि कोई भी इलमी खान वादा ऐसा नहीं इसी तरह से जना नजमत नजुमत ये मौलाना हम सब उनके जो जद हैं वो भी शागिरद जनाब व फरामाबी के हैं वो भी उन्हें या उनकी किसी औलाद के शागिर्द हैं तो इस तरह से इसका मतलब है कि हिंदुस्तान में कोई भी इलमी खान मादा ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसका सिलसिला शागिरदी खान फराम से जाकर न मुतसिल हो जाए शलवाद भेजे मौलान इसीलिए आप देखेंगे जो खदमत अदा करता है तो उसका नाम भी बाकी रहता है उसका नाम आज जनाब व फरमाब के घर का कहीं वजूद नहीं है जनाब व फरमाब के घर का कोई वजूद नहीं हम तो ख़ानदान वाले हमें नहीं मालूम उनका घर क्या था और कहाँ पर उनका घर था तो घर आज उनका मौजूद नहीं है लेकिन अदा खाना मौजूद है लेकिन इमाम बाड़ा जिन्होंने बनाया है वो मौजूद है इसका मतलब है कि ज़ा की ख़मत करता है अल्लाह में उसकी बनाई हुई जो इमारतें वो भी बाकी रखता है और उसी के जरिए से उसका दाम भी क़यामत तक बाकी रहता है एक शलवा भेज़ इस पर थोड़ा सा तस्करा होता है वो अज़ा इमाम हसैन की अहमियत का आप याद रखें मैं यहाँ पर इतने माशा टी वी वाले हैं इनके सामने में ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आज दुनिया में इतिहाद इतिहाद के नारे बुलंद किए जाते हैं इतिहाद पैदा हो जाए इत्तेहाद पैदा हो जाए शिया सुन्नी इत्तेहाद पैदा हो जाए हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पैदा हो जाए सिख ईसाई इत्तेहाद पैदा हो जाए इतिहाद इत्तेहाद यूनिटी के नारे के साथ जब तक यूनिटी नहीं होगी अमन वमान कायम नहीं हो सकता जब तक आपसी इतिहाद नहीं होगा अमन वमान कायम नहीं हो सकता और इतिहाद कायम नहीं हो पा रहा है कहीं भी इतिहाद कायम नहीं हो पा रहा नारे इतिहाद के बहुत बुलंद होते हैं कहीं नहीं कायम है अब सवाल कि वो इतिहाद इतिहाद क्या है कि जिसके ऊपर यूनिटी कायम हो सकती है जिसके ऊपर इतिहाद कायम हो सकता है तो याद रखिये उस नुकतः इतिहाद का नाम है अजा इमाम हुसैन गमे इमान हुसैन उस नुकतः इतिहाद का नाम है हमारी हुसैनी है हमारी ये इमाम बाड़गाहें ये हमारे इमाम बाड़े मैंने कहा ऐसी बात है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता कोई इनकार नहीं सकता, कर सकता मस्जिद में आपको सिर्फ मुसलमान मिलेगा बोर्ड लगा होगा वहाँ पर कि यहाँ गैर मुस्लिम दाखिल नहीं हो सकता बहुत सीज मस्जिदें ऐसी जहाँ बोर्ड लगे हुए हैं यहाँ गैर मुस्लिम दाखिल नहीं हो सकता लिहाजा मस्जिदों में सिर्फ मुसलमान मिलेगा कोई गैर मुस्लिम नहीं मिल सकता आपको मंदिरों में आप देख लेंगे सिर्फ हिंदू भाई मिलेंगे वहाँ पर कोई मुसलमान नहीं बहुत से मंदिर ऐसे हैं कि जहाँ पर ऐलान हो गया है कि यहाँ के अंदर कोई गैर हिंदू दाखिल नहीं हो सकता बाकायदा ऐलान है यहाँ कोई गैर हिंदू दाखिल नहीं हो सकता लिहाजा मंदिरों में सिर्फ हिंदू मिलेंगे आप गिरजाघरों में चले जाइए तो वहाँ आपको सिर्फ ईसाई हजरात मिलेंगे आप गुरुद्वारों में चले जाइए तो वहाँ आप पर आपको सिख भाई मिलेंगे इसी तरह से जिस जिस आप मजहबी जगहों पर चले जाएंगे वहाँ पर उसी फ़िरक़े के लोग मिलेंगे आपको उसी मजहब के लोग आपको मिलेंगे उसी अकीदे के लोग आपको मिलेंगे लेकिन तनहा इमाम बाड़े ऐसी जगह हैंसैनी ऐसी जगह हैं जिसफसैनी और इमाम हुसैन की याद में जो इमारतें बनाई गई हैं सिर्फ उनकी खसूसियत है इसके अलावा किसी इमारत की खसूसियत मजहबी आपको नहीं मिलेगी सिर्फ इनकी खसूसियत है कि यहाँ शिया भी आपको मिल जाएगा या सुन्नी भी आपको मिल जाएगा या हिंदू भी आपको मिल जाएगा या सिख भी आपको मिल जाएगा या ईसाई भी आपको मिल जाएगा इसका मतलब यह है कि जब दरिया अलग अलग होते हैं तो अलग अलग नाम होते हैं तो जो चाहूँगा आप हज़रा की जब दरिया अलग अलग होते हैं तो अलग अलग नाम होते हैं ये मालवा गोमती है ये राप्ती है ये चिनाब है ये जमुना है ये गंगा है ये दरियाए सिंध है ये दरियाए झेलम है अलग अलग नाम है सब दरियाओं के अलग अलग नाम है। लेकिन जियों जियों हैं लेकिन जब दरिया साथ में आते हैं और जब समर में शामिल हो जाते हैं तो अब सारे दरियाओं के नाम मिल है। जाते हैं अब कोई नहीं पहचान सकता कि झेलम का पानी कहाँ है कोई नहीं पहचान सकता चनाब का पानी कहाँ है कोई नहीं पहचान सकता गंगा कहाँ है कोई नहीं जम्ना है। तो पहचान सकता जमुना कहाँ है क्योंकि सब के सब समंदर में आकर मिल गए लिहाजा जो हुसैनियत के समंदर में आकर सब मिल जाते हैं तो पता नहीं चलता कि शिया कौन है सुन्नी कौन है ईसाई कौन है हिंदू कौन है मुसलमान कौन है एक सलवार है जब होता है के तक बाकी क्यों है? आप दुनिया के हर गम हो गया। गम खत्म आज, आज पुराने जो है आज नहीं मनाए जाते त्यौहार ऐसा है इस्तेमाल करना पड़ता है बच्चों को समझाने के लिए वरना ये त्यौहार के लफ्ज़ा खुशी के प्रोग्रामों के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन ये मुहरम जो है इसके लिए फिर कर दो कि त्यौहार रजिस्टर में इसका नाम दर्ज है लेकिन यह हकीकत में त्योहार नहीं है एक शलवार तो। तो। तो। क्योंकि कोई गम का प्रोग्राम कहीं और होते ही नहीं है लिहाजा फेस्टिवल रजिस्टर में नाम इसका दर्ज है फेस्टिवल फेस्टिवल का तो और ज़्यादा मानी ख़राब है फेस्टिवल जो है वो सिर्फ़ खुशी के लिए इस्तेमाल होता है मगर फेस्टिवल रजिस्टर में दर्ज है इस पर भी हमने कहा लोग मेरे दिमाग से एक तो त्यौहार के लफ निकल गया था तो दो बारे बड़ा बड़ा मुलाकात तो हमने कहा है फेस्टिवल रजिस्टर में ये सौ साल से दर्ज है आपने उस पर कभी एहताज नहीं किया <laughs> फेस्टिवल रजिस्टर में दर्ज है फेस्टिवल कह रहे फेस्टिविटी यानी खुशी खुशी में इंसान जो चीज़ करता है उसको फेस्टिव कहते हैं फेस्टिविटी कहते हैं और फेस्टिवल रजिस्टर तो ये तो हमारे बुजुर्गों को इस पर इतराज़ करना चाहिए ताकि फेस्टिवल रजिस्टर से हट इसके लिए एक अलग रजिस्टर बनाइए एक शलवा शल तो मजबूरन हिंदी जबान के लिहाज से ये कभी कभी इस पर आ जाता है वरना ये हकीकत में ये इसको त्यौहार नहीं कहा जा सकता ये गम बनाने का जरिया है ये इसके जरिए से हम बल्कि यू कहना चाहिए त्यौहार नहीं है बल्कि म के खिलाफ एहताज का नाम है मुहर्रम एक शलवार भेजे के खिलाफ एहतजाज का नाम है मुहर्रम के खिलाफ एहतजाज का नाम है मुहर्रम नहीं मैं जल्दी से कर दूं। एक ज़माना ऐसा था कि यहाँ के ऊपर वालद महरूब उस जमाने में अलीगढ़ में रहते थे वो अलीगढ़ में रहते थे और वहाँ प्रोफेसर की से थे यहाँ पर अंजुमन ने और फ़ैसला कर लिया कि साहब हम एहतजाजन जो हैं वो मुहर्रम की मजलि से नहीं करेंगे एहतजाजन नहीं करेंगे शाम गरीमा भी, भी मजबूरन बंद करना पड़ी थी कि दो साल के लिए एहतजाजन नहीं करेंगे मुहर्रम की मजदूर तो जमाने जब वालिद महरूम वापस वहाँ से आए लेकर थे तो जब उनको पता चला तो उन्होंने बहुत अफसोस हुआ कि भाई ये क्या तुमने फैसला कर लिया कि हम एहत म नहीं करेंगे अरे मजलिस खुद एहतजाज हैं मजलिस खुद झुल के ख़िलाफ़ एहताज हैं मगर क्योंकि उनकी तबीयत ये थी कि जब सब लोग मिल के फैसला कर लेते तो उसकी मुखालिफत वो नहीं करते रहते उन्होंने फिर मुखालफत उसकी नहीं की लेकिन उन्होंने एतराज़ किया था कि भाई मजलिसें क्यों बंद करवा दी तो खुद ओम के ख़िलाफ़ एहत का नाम है तो इसका मतलब है कि महर्रम त्यौहार नहीं है बल्कि एक प्रोटेस्ट है कि जो हर के खिलाफ़ प्रोटेस्ट है एक भेज रहा था वाह तो मैं दो बातें अर्ज कर एक बात तो पहले कभी अर्ज कर चुका हूं लेकिन एक बात जो है वो जो शायद विदिन्हीं में पेश की यहाँ इन मलिसों में और अलहमद ये बड़ा छत्तीसवा अशरा है कि जो मैं आपकी खिदमत कर रहा हूँ छत्तीसवा अशरा है ये और मेरे वालद मरूम ने तेईस अशरे पढ़े थे यहाँ के और मेरे दादा ने 40 अशरे पढ़े थे यहाँ के और मेरे अभी तक 36 तक नौबत आई है अब आगे कुछ पता नहीं आगे कुछ पता नहीं के आगे कहाँ तक तोफ़ी मिलेगी लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इतनी तोफ़ी दे दी और मौला ने इतनी तोफीक दे दी कि आप छत्तीसवीं बार आपकी खिदमत में मैं इस उम्र पर आज हलवा देवर मुहमद तो र कि बहुत ही चीज़ें बयान हो चुकी हैं जितनी मेरी हिम्मत मेरी सलाहियत जितनी मेरी ताकत थी उसके लिहाज बहुत सी चीज़ें मैं बयान कर चुका हूँ जैसे एक चीज तो मैं पहले बयान कर चुका हूँ उसको पेश करूँगा और एक और चीज़ जो अभी तक बयान नहीं की है मैं उसको भी पेश करना चाहता हूँ पहली चीज़ कि यह क्यों तो नहीं ख़त्म हो रही है अदादारी बजाय ख़त्म होने की बढ़ रही है इजाफा हो रहा है इसमें तो इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वह लफ्ज़ है मोजा वो लफ्ज़ है ब्रैकल वो लफ्ज है हिंदी में अब यहाँ फिर मजबूरन इस्तेमाल करना पड़ा है कि वो लफ्ज है चमत्कार ये अल्लाह का मौजा है अल्लाह का मौजा है आज़ादारी आजादारी बहुत तवज्जो है लोग कहते हैं अरे कब तक आज़ादारी को जिंदा रखोगे चौदह सौ साल हो गए हैं कब तक आज़ादारी को जिंदा रखोगे कब तक आज़ादारी जुमले ही गलत है कब तक आजादारी को जिंदा रखोगे हमने आजादारी को जिंदा नहीं रखा है आजादारी ने हमें जिंदा रखा है आजादारी ने हमें जिंदा रखा है यह वादा इलाही है ये अल्लाह का वादा है कि जो एक दुखियारी माँ से अल्लाह ने किया यह वादा एलाही है कि कभी खत्म नहीं हो सकता यह मोजा अला है कि जिससे दुनिया नहीं टकरा सकती अरे पुरान मौजा है कोई नहीं टकरा सकता उससे अहल वैत मौजा है कोई उनके मुकाबले में नहीं आ सकता उसी तरह से आज़ादारिया इमाम हुसैन भी मौजा है और इसके मौजे की खसूसियत की है बहुत तोज्जो चाहूंगा इस मजदे की खसूसियत की है मैं दुश्मनान आजा को ये बात जिताना चाहता हूँ कि अच्छी तरह से बात समझ लें अच्छी तरह से अपने कान में ये बात डाल लें अच्छी तरह से अपने दिल में यह बात जमा लें कि जो अदादारी की मुखालफत करते हैं और इसको बंद करने की कोशिश करते हैं जरा मिजाज या अदादारी को पहचान ले हो मिजाज अजादारी को पहचान ले हो उसके बाद कोशिश करें उसको मिटाने और खत्म करने की मिजाज अजादारी यह है कि जितना इसको दबाया जाएगा उतना ही ये उभरेगी जितना इसको मिटाया जाएगा उतना ही इसमें इजाफा होता चला जाएगा एक सलवा भेजे बल बैठ ये ये क्यों क्योंकि ये जो आदत और फितरत पर, पर गालिब आ जाए आप देखें कि आग का काम है जला देना जो जिसम भी आग में डाला जाएगा आग की फितरत है जला देना आग का मिजाज है जला देना आग की आदत है जला देना जो भी जिसमें डाला जाएगा जो भी कोई चीज़ डाली जाएगी वो जलकर राख हो जाएगी तो फितरत है जलाना लेकिन अगर जनाब इब्राहिम आग में डाले जाएं और उसके बाद भी दामन पर एक हल्का सा धब्बा भी ना आए उसी तरह से महफूज रहे तो इसी को मौजूदा कहा जाता है इसी को मौजूदा कहा जाता है अरे छुरी का काम है काट देना रहे। छुरी का काम है काट देना जो जिस भी छुरी के नीचे आएगा वो कट जाएगा जब छुरी आप चलाएंगे लेकिन छुरी चलती रहे और इसमाइल महफूज रहे इसी के नाम है मौजूदा लोहे का काम है सख्त रहना लोहे का काम है हार्ड रहना लोहे के काम है सख्त रहना लेकिन जब दाऊद के हाथों में आ जाए और ये लोहा मुँह कितना नरम हो जाए तो इसी को मौजदा कहते हैं अरे पानी का काम है डुबो देना जो भी जाएगा जिस पानी के ऊपर वो पानी उसको डुबो देगा पानी की फितरत है डुबोना पानी की आदत है डुबोना लेकिन अगर किसी के मुसल्ह पानी के ऊपर बिछावा हो और नमाज खालि अदा हो रही हो तो, तो इसी को मौजूदा कहा जाता है एक सलवार भेजे बना नमाज तो इसीलिए इंसान की फितरत है गम का भुला देना फितरत में दाखिल ये कोई कमी नहीं है कोई नक्श नहीं है बल्कि अल्लाह की तरफ से अताशुदा है कि इंसान का गम कम होता जाता है एक माँ का अगर एक इकलौता बेटा भी हो तो जो गम एक महीने होगा साल भर बाद उतना गम नहीं होगा पाँच साल बाद उतना गम नहीं होगा दस साल बाद अगर उसके बेटे का जिक्र कीजिए तो एक हल्की सी आह भर कर रह जाएगी वो एक हल्की सी आह भर कर रह जाएगी और उसके बाद गम कब होता चला जाएगा ये है इंसान की फितरत यह इंसान की फितरत कि जितना ज़माना गुजरता जाता है उतना ही गम हल्का होता है जाता है ये अल्लाह ने खुद इंतजाम फरमाया है क्यों इसलिए क्या जो आज गम है अगर वही एक महीने के बाद भी रहे वही साल भर के बाद भी रहे तो पूरी दुनिया के काम जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे अब फर्ज के लिए कोई दुकान पर बैठता है कोई शख्स दुकान पर सौदा बेचता है दुकानदार है वो और उसके फर्ज की खोना खाता है उसके बाप का इंतकाल हो गया या बेटे का इंतकाल हो गया तो अब उस दिन तो वो दूसरे दिन भी नहीं जाएगा मालूम पंजुम तक नहीं जा रहे हैं उसके बाद अब पंजुम के बाद अब थोड़ा दुकान पर भी बैठ लूं थोड़ा सा लोग आते होंगे वहाँ पर परेशान होंगे अब मालूमा दुकान पर भी बैठ गया अब लोग आ रहे हैं तो वहाँ सौदा भी बेचना होता तो शुरू कर दिया चालीसवें के बाद और गम कम हो गया तमाम कारोबार में मसरूफ हो गया तो अगर जैसा गम पहले दिन है अब वैसा हम महीना भर बाद भी रहे तो न कोई दुकान पर बैठेगा न कोई कारोबार करेगा न कोई दफ्तर जाएगा न कोई मेहनत में मजदूरी करेगा बस वो रोते ही पीटता रहेगा लिजा अल्लाह ने फितरत में ये डाल दिया है कि जितना जितना ज़माना गुजरता जाता है उतना उतना गम कम होता चला जाता है लेकिन सिर्फ गमे इमाम हुसैन की खसूसियत यह रख दी है कि जितना जमाना बढ़ता जाता है उतना गमे हुसैन में इजाफा होता चला जाता है एक सलवार भेजे वाला अबर मोहम्मद तो जो चीज़ फितरत पर गालिब आ जाती है उसी को मोजरा कहा जाता है लिहाजा ये गम इमाम हुसैन ये ब्रैकल है ये मोजा इलाही है सलवा बर मोहम्मद वाल और बेस्ट पढ़ा लिखा मजमा माशाला समझदार मजमा है या बहुत ज़्यादा तशरी की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी तोजी की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप देखें ज़माने के तीन हिस्से हैं एक माजी है एक हाल है एक मुस्तबिल है माजी यानी पास्ट जो गुजर गया वो पास्ट है हाल यानी प्रेजेंट जो हमारे सामने मौजूद है वो हाल इस वह हमारे सामने मौजूद हैं ये प्रजेंट है ये प्रजेंट है और जो आने वाली चीज़ है जो आने वाले वाकियात हैं उनको तो फ्यूचर कहलाते हैं मुस्तबिल कहलाते हैं हाल क्योंकि हमारे सामने होता है लिहाजा हमें याद है इस वक्त कौन कौन हजरात मेरे सामने हैं मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने वो मौजूद हैं अब फर्ज कीजिए एक महीने बाद मुझसे पूछा जाए कि आपने जो तो उस दिन मजदूर पढ़ी थी कितने क्यों लोग शामिल थे कौन कौन लोग शामिल थे तो मैं अक्सर के नाम भूल चुका हूँ दो चार नाम खास खासे याद रहेंगे बकिया के नाम मैं भूल जाऊँगा क्योंकि अब वो माजी का पार्ट हो गया ये अब माजी का हिस्सा हो गया ये और इसका मतलब है कि प्रेजेंट याद रहता है माजी भुलाया जाता है अरे बहुत तोज्जो चाहूंगा काश मेरी बात वाजी हो सके जो पेश करना चाहता हूं और फ्यूचर है में मालूम मुस्तबिले मालूम एक सेकेंड के हजारवें हिस्से के बाद क्या होने वाला है ये कोई नहीं बता सकता कोई नहीं बताओ तो बासुबीन की बात छोड़िए खासान खुदा की बात छोड़ी आम लोगों की बात हो रही है कि एक सेकेंड के बाद क्या होने वाले हमें नहीं मालूम हमें क्या मालूम होता है सिर्फ प्रेजेंट हमें मालूम रहता है और या फिर माजी मगर माजी का चक्कर यह है कि जितना वक्त उतरता जाता है इंसान माजी को भूलता चला जाता है पता नहीं कितने बड़े बड़े वाक़ात हुए अब लोग भूल गए नागा के ऊपर बम गिरा था हजारों लाखों लोग मर गए थे एक दिन याद बना ली जाती है उसकी मगर कोई रोता माकू नहीं मिलेगा कि नागासाकी के, नागा के वाक को याद करते हुए कोई रो रहा हो हिरोशिमा शीमा के वाक़ात को याद करके कोई रो रहा हो जंग अजीम पहली जंग दूसरी जंग करोड़ों लोग मारे गए करोड़ों लोग मारे गए आज बताइए क्या हो रहा है उन पर गम बनाया जा रहा है उन पर रोया जा रहा है उन पर मातम किया जा रहा है नहीं क्योंकि माजी की बात हो गई हो तो ये चीज माजी में खो जाती है वो इंसान भूल जाया करता है जलियान वाला बाग वा, यही पर हिंदुस्तान का वाक्य है कि अंग्रेजों ने अब जो गोलियां चलाई थी तो सैकड़ों सैकड़ों लोग मार दिए गए थे आज एक दिन याद मनाई जाती है बस वाला बाग की एक दिन याद मनाई जाती है मैं खुद उसमें शरीक हुआ तो सब लोग वहाँ पर मौजूद थे याद मनाई जा रही थी दो मिनट के लिए खामोश हो जाइए खड़े होकर ना कोई रोया मैं कोई सुबह है किसी ने दो मिनट के लिए खामोश खड़े हो गए और याद हो गई जलिहाना भाप की शहीदों की याद मना ली गई तो इसका मतलब यह है कि अब वो गम लोग भूल चुके हैं वो माजी का हिस्सा बन चुका है तो जो चीज़ माजी का हिस्सा होती है वो भुला दी जाती है जो चीज़ प्रेजेंट होती है वो हमेशा याद रहती है तो याद रखिए कि अगर गमे हुसैन और इमाम हुसैन की कर्बानियां माजी का जुज होती तो भुला दी जाती हुसैन प्रेजेंट का नाम है अजाय हुसैन प्रेजेंट का नाम है अजय हुसैन हाल का नाम है लिहाजा ये माजी नहीं है जो भुला दिया जाए ये हमारे सामने प्रेजेंट है जिसकी वजह से हम इसको भुला नहीं सकते नहीं नहीं मिसाल दे रहा हूं ताकि बिल्कुल बातवा बच्चे बच्चे पर हो जाए मिसाल दे रहा हूँ बच्चे बच्चे आज से चौदह सौ साल पहले फारह की रसोलह ने ऐलान किया था कि ला कौन नजात मिल जाएगी ला इला कौन नजात मिल जाएगी क्या मुझे बताए मुसलमान ला इला माजी हो गया आ, अरे तो है माजी हो गया अगर माजी हो गया होता तो आज भी अजानों में क्यों कहा, रहे? कहा जा रहा है अशद वह आज भी अजानों में कहा जा रहा है इसका मतलब ये है कि कल भी प्रेजिडेंट था आज भी प्रेजिडेंट है और कयामत तक प्रेजेंट रहेगा हर मुसलमान दोहराता रहेगा अशहद वहा अशद वाला अगर माजी होता तो भूल जाते अगर माजी होता तो भूल जाते लेकिन क्योंकि प्रेजेंट है लिहाजा ये आज भी याद रहेगा और ये कल भी प्रेजेंट है आगे भी प्रेजेंट है पिछले जमाने में प्रेजेंट था लिहाजा इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता तो बस जिस तरह से ला लाला का ऐलान कभी माजी का जुज नहीं बन सकता कि जिसको भुला दिया जाए तो इस ला इल्ला लाला को बचाने के लिए हुसैन ने करबला में कुर्बानिया दी है ये भी प्रेजेंट का हिस्सा है माजी नहीं है जिस तरह से लाइला को कोई नहीं भूल सकता उसी तरह से करबला हुसैन की कुर्बानियों को भी कोई नहीं भूल सकता एक सलवार भेजा दो तीन जुमले और कहना पड़ रहे हैं कि जहां यह गम हमेशा बरकरार रहेगा वहां जो शरीर लोग हैं उनकी शरारतें भी जारी पहले भी थी और आज भी जारी हैं और उनके फतवे भी आज भी जारी हैं कि साहब ये बिदत है ये शर्क है ये खिलाफ इस्लाम है ये साहब ये क्या चीज़ है यह दादारी इमाम हुसैन ये साहब इसको आप न मनाया कीजिए वह सवाल ही होता है कि आखिर आपको मजबूरन कह रहा है जुमले हरने की आदत मेरी नहीं है कि सवाल यह कि हमारे गम से आपको क्या तकलीफ हो रही है भाई गम हम मना रहे हैं तकलीफ आपको हो रही है आंसू हम बहा रहे हैं बुरा आप मान रहे हैं मातम हम कर रहे हैं अजियत आपको हो रही है भाई सीने पर हम अपने हाथ मार रहे हैं आपको क्या अजियत हो रही है आपको क्या तकलीफ हो रही है ये क्या दुश्मनी अजा है क्यों दुश्मनी अजा है बस आप दो जुमले सुन लीजिए फैसला कौन मामला हो जाएगा ये दुश्मनी अजा क्यों है कि ये अजा इमाम हुसैन खत्म हो जाए ये बनीसुमातम खत्म हो जाए ये जिक्र इमाम हुसैन खत्म हो जाए देखिये हकीकत ये है जो मुजरिम होते हैं जो मुजरिम होते हैं ये उनकी तफसियात होती है कि जुर्म की सारी निशानियां मिटा दी जाए जुर्म की सारी निशानियां मिटा दी जाए जुर्म का कोई निशान बाकी न रहे उसके सारी कैफियात मिट जाए लिहाजा ये जुर्म की मुजरिम की नफसियात है कि वो चाहता है कि जो जुर्म उसने कर दिया है उसको कोई याद ना करे उसको कोई लिहाजा जो बुजुर्गो ने चौदह सौ साल पहले जुर्म कर दिया है आज भी औलादों की कोशिश हो रही है आज भी औलादों की कोशिश हो रही है कि याद न मनाई जाए ये याद न मनाई जाए तो इसका मतलब यह है कि जो भी आज अदादारी की मुखालफत कर रहा है लगता है कि उन्ही मुजरिमों की औलादों में उसका शुमार है एक सलवार भेजे मोहम्मद क्या रखा है ये मातम क्या है यह मजलिद क्या है यह खा मखान क्यों अपना सीना कूट रहे हो क्यों गम मना रहे हो क्यों आंसू बहा रहे हो तो मैंने कभी यहाँ के मुझे जलसा हुआ था एहतिया जलसे हो रहे थे यहाँ पर स्पीड पर वहां पर ही मैंने आ, नौ मुहर्रम को आखिरी जलसे में शेर आखिरी जुमलों के तौर पर पढ़ा था मैं चाहता हूँ यहाँ आज पहली मजलिद शेर पढ़ दिया जाए कि कहा जाता है इसमें क्या रखा है खाम सीना कूट रहे हो खम आ रहे हो मातम कर रहे हो तो मैंने उस पढ़ा था कि आज भी पढ़ना चाहता हूँ कि अगर कि अगर हुसैन के मातम में कुछ नहीं रखा अगर हुसैन के मातम में कुछ नहीं रखा तो फिर यजीद के बच्चों में खलबली क्यों है एक सलवार भेजे तब मोहम्मद धीमे धीमे मस्जिद पड़ी इसीलिए कि वो लेकिन अब ये ये कोई बीमार अगर बैठ जाए आकर तो उसको बीमारी का एहसास खत्म हो जाता है किसी को अगर तकलीफ हो रही है वो आकर बैठ जाए तो तकलीफ का एहसास खत्म हो जाता है मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मुझे क्या तकलीफ है एक सलवा भेज देहा एक है और देखते देखते ही पौन घंटा गुज़र गया पौन घंटा गुज़र गया मुझे तो आधे घंटे ही पढ़ने के इरादे से मैं बैठा था यहाँ पर लेकिन बहरहाल अब मैं मस्जिद को अपने मुकम्मल करना चाहता हूँ आज का दिन और आज की तारीख वह है कि इस हुसैैनी की एक रिवायत रही है और जब मरहूम की तो मजे से मुझे याद नहीं है बहुत कम सीनी थी लेकिन एक वालद मरहूम की मजह से मुझे यहाँ पर याद है कि वो पहली महर्रम को एक ऐसे शहीद का तस्करा करते थे ऐसे शहीद का जिक्र करते थे कि इसकी मजलूमियत कुछ करबला वालों से बढ़ी हुई थी जो दी बा चे किताब करबला है कि जिसकी क़ुरबानियों से करबला के वक़े की इब्तदा हुई वो कौन शहीद वो हमारा आका मुस्लिम जिसको इमाम हुसैन ने अपना नायब बनाकर अपना नायब बनाकर ऊपे भेजा था कि जाओ मेरी तरफ से उस सब लोगों से बेत हासिल कर लो बेत हासिल कर लो जनाब मुस्लिम रिवायात में है कि अट्ठारह हज़ार कोफियों ने जनाब मुस्लिम की बेहद की थी और सब ने वादा किया था कि हम आपके लिए और के लिए जान फोरबार कर दें लेकिन इबन ज्याद मबन मक्ार मक्ार इब्न मक्ार था वो उसने मक्ारी से काम लिया क्योंकि तमाम कोफे वाले इंतजार कर रहे थे इमाम हुसैन का उनको पता चल चुका था इमाम हुसैन चल चुके हैं आने वाले हैं आने वाले आने वाले हैं ये जब कोफे की सरहद पर पहुंचा, तो उसने उसी अंदाज से तहत रहनक बांधा कि जिस तरह से इमाम हुसैन बांधा करते थे और कोशिश की कि लिबास भी बिल्कुल वैसे ही हो कि जैसे इमाम हुसैन लिबास पहनते लिहाजा तहत रौनक बांधे हुए जैसे सिर्फ आंखें दिखाई देती हैं चेहरा उसका छुपा रहता है ये अंदर जब दाखिल हुआ अपने फौजियों के साथ तो एक वो वो शोर मच गया कि फ़रजंद रसूल आ गए फ़रजंद रसोल्ला आ गए एसैन हम आपका इस्कबाल करते हैं एसैन आपका आना मुबारक हो आप कोफ़े में तश्रीफ़ ले आए अब ये तहतुलहनक इसने उतारा नहीं इसी तरह से तहतुलहनक उतार पहने पहने वो किले कोफा में दाखिल हुआ और दरवाज़े उसने बंद करवा दिए और छत के ऊपर आकर खड़ा हुआ अब तहत लहनक अपना उतने उतारा है क्या कि तुम्हें गलत फहरी हुई है मैं हुसैन नहीं हूँ मैं इब्न जिया हूँ और मुझे यजीद ने यहां का हाकिम बनाकर भेजा है लिहाजा सब के सब मुस्लिम का साथ छोड़ दो सब के सब मुस्लिम के साथ छोड़ दो वरना एक लाख की फौज यजीद की शाम से चल चुकी है लिहाजा अगर तुमने मुस्लिम का साथ दिया तो पूरे पूरे, पूरे खानदान मिट जाएंगे पूरे पूरे महल्लों का सफाया हो जाएगा पूरी पूरी आबादियां तहसील कर दी जाएंगी लिहाजा तुम लोग होशियार हो, हो जाओ और जिसने जिसने मुस्लिम की बेहद की है वो सब मुस्लिम के बैठ तोड़ दे और आकर मेरे साथ शामिल हो जाए अब कूफे वालों ने। अब इस धमकी से इतना खौफजदा हो गए इतना डर गए का आहिस्ता आहिस्ता जिनाब मुस्लिम को साथ छोड़ना शुरू जिनाब मुस्लिम को साथ छोड़ना शुरू कर दिया यहाँ तक कहा जाता है कि औरतें आती थी और अपने मर्दों को खींच कर ले जाती थी कि क्या हमें भी कटवाओगे क्या हमें भी मरवाओगे चलो छोड़ो मुस्लिम का साथ छोड़ो और उसके बाद रिवायत कहती है कि जब जराबी मुस्लिम ने नमाज शुरू की है मगरब की नमाज़ शुरू की है तो मस्जिद नमाज़ियों से भरी हुई थी और जब ईशा की नमाज़ पढ़कर आपने पीछे मुड़ देखा है तो पूरी मस्जिद खोली पूरी मस्जिद खाली थी कोई भी मददगार मौजूद नहीं था जिससे जिसने नुसत का वादा किया था वो सब साथ छोड़ चुके थे मजलुम मुस्लिम तनह मुस्लिम हुक्म है इब का आप कि न कोई घर का दरवाज़ा खोलेगा को न कोई मुस्लिम को पन्ह देगा या तमाम दरवाजे मुकफल हैं जिस दरवाजे पर आवाज़ देते कोई जवाब नहीं दे रहा कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है अरे कुफे की गलियों में भटक रहे थे हमारा आका मफे की गलियों में भटक रहा था थक गए प्यास का गलबा हुआ रिवायत कहती है कि एक दरवाजे की चौखट पर इस तरह से बैठ गए कि दोनों कोहरिया जो थी वो जानुओं पर थी और दोनों हथेलियों में चेहरा छुपा हुआ था इस घर में एक मोबिना रहने वाली जिसका नाम तो था उसने तो जब दरवाजे पर आहट महसूस की तो वो दरवाजे के ऊपर आई दरवाज़ा अब जो खोला तो देखा कि कोई शख्स इस तरह से बैठा हुआ है कि हतीली में उसका चेहरा छुपा हुआ है इस मम ने पूछा क्या आप कौन है का एक मुसाफिर हूँ का क्या बात है क्या तो प्यासा हूँ अगर आप पानी पिला सकती हैं तो पानी पिला दीजिए तो आप पानी लेकर आई जनाब मुस्लिम को पानी दिया जनाब मुस्लिम पानी पी फिर वहीं पर बैठे हुए तो आ कहती है कि मुसाफिर जल्दी से अपने घर में चला जा क्योंकि इब्ने जियाद का सख्ती से हुक्म है कि कोई गलियों में ना निकले कोई बाहर ना निकले या तो गिरफ्तार हो जाता है जो बाहर निकलता है या उसको अजियत दी जाती है लिहाजा अगर तुम्हें कहीं वो बिल गए सिपाही जो इब्ने जियाद के हैं तो गिरफ्तार भी हो सकती है असगीत भी हो सकती है लिहाजा जल्द से जल्द अपने घर चले जाओ जरा मुसलिम उसी तरह से बैठे हुए ये मोमिना कहती है मैं तुमसे कह रही हूँ बार बार कि अपने घर चले जाओ मुसीबत तो तो जाओगे जब ज़्यादा किया अब न्यादा इसका चेहरा उठाकर कहते हैं मोमिना आप बार बार कह रही है घर चले जाओ अरे जिसका कोई घर ना हो आखिर वो कहा जाए अब मोमिना तड़प गई तड़प कर पूछती है कि अरे आइए बताइए क्या है कौन आप मुस्लिम ने फरमायास्ताखी मुझे गुस्ताख, मुझे हो रही है क्या आप मेरी चौखट पर बैठे हुए हैं आइए जल्दी से अंदर घर के अंदर आ जाइए जराब मुस्लिम घर के अंदर आ जाते हैं एक हजरे में पुर को बिठा देती है खाना ले जा रही है पानी ले जा रही है एक रिवायत में बेटा एक रिवायत में के शौहर था इसका कि अब जो वो आया और देखा उसने कि जोजा उसकी बार बार एक हजरे के अंदर जा रही है तो उसको कुछ शक हुआ उसने तो पूछा क्या बात है कि आप ये हुजरे के अंदर बार बार क्यों जा रही तो कहती काम से मैं चली जाती कहा नहीं, नहीं आप बताइए आप छुपा रही कुछ कहा देखो तुम्हें कसम है अल्लाह की कि तुम किसी से कहना नहीं तुम किसी से बताना नहीं उसने झूठी कसम खाई कि नहीं नहीं आप यकीन रखिए मैं कसम खाता हूँ किसी से कुछ नहीं कहूंगा आप बता तो दीजिए कि हम मुस्लिम में है, वो मलून, के में है।, और से कहता है जिस मुस्लिम की तुम तलाश में हो तो मेरे घर में मौजूद है पाँच सौ सवारों का दस्ताब गिरफ्तारी के लिए भेजा गया जरा मुस्लिम घर में है जैसे घोड़ों की टापों की आवाज सुनी बोला जनाब मुस्लिम ने तलवार टेकी खड़े हुए चाहते थे कि बाहर निकले तो आने दामन पकड़ लिया ये आका बाहर ना निकलिए आप घर के अंदर रहिए आप घर के अंदर ज्यादा महफूज हैं, अब जनाब मुस्लिम का जवाब सुन लीजिए जनाब मुस्लिम जवाब देते हैं नहीं नहीं मेरे लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि मैं तुम्हारे घर के अंदर रहूं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई सिपाही घर में दाखिल हो जाए कहीं कोई इब्ने जियाद के सिपाही घर में दाखिल हो जाए और तेरी बेपर्दगी हो जाए मुझे मरना गंवा है बगर तेरी बेपर्दगी गंवर नहीं है ए आका। इस कूफे में एक बेपर्दिगी नहीं अरे देखिए, जब खान इसी कूफे में लाया जा रहा है सर पर नहीं हाथों तो में रस्िया भी, हुई हाँ दारो जनाब मुस्लिम बाहर निकलते हैं, जबरदस्त जंग होती है जबरदस्त जंग होती है पांच सौ सवारों को शिकस्त हो जाती है फिर सरदार लश्कर लिखता है इब्न इबन को कि और मदद भेजो पांच तो सवार फिर आते हैं उनको भी शिकस्त होती है फिर पर्चा भेजता है और मदद भेजो इबन जिया कहता है अरे एक शख्स को गिरफ्तार करना है एक हजार सिपाही भेज चुका हूँ और तुम और मदद मंगवा रहे हो क्या ये तो देखो ये तलवार किसके हाथों में है किस खानदान ताल्लुक रखने वाले है ये इनको पकड़ना गिरफ्तार करना आसान नहीं है पाँच सौ सिपाही हो गए लेकिन आकाश जबरदस्त जंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं किसी की हिम्मत नहीं कि यहां के करीब आए यहाँ के ऊपर उलमा कहते हैं कि हाँ करबला वालों की मजलूमी बहुत थी मगर एक लिहाज से जनाब मुस्लिम की मजलूमी बढ़ी हुई थी वो ये लिहाज था कि जब करबला के मैदान में कोई जंग करने के लिए निकलता था कभी कभी कभी कभी सामने से से से हमला हमला हमला होता होता होता था, था, था, पहलुओं चारों तरफ से हमला होता था, था, था. तेनाब मुस्लिम पर चारों तरफ से हमले हो रहे थे चारों तरफ से हमले हो रहे थे मगर कोफे में एक सम का इजाफा था एक समझ बढ़ी भी थी वो लिखते हैं कि कूफे में कूफे की औरतें अपनी छतों पर खड़ी हुई थी और वहाँ मुस्लिम पर आग बरसा रही आग बरसा रही थी हाँ दारो उसके बाद भी जनाबे मुस्लिम काबू में नहीं आ रहे थे लिहाजा मकारी की गई अब धोखे का इंतजाम किया गया एक गढ़ा खोदा जाता है रास्ते में और उसको खसो खास से ढांक दिया जाता है इस तरह से कि वो घड़ा दिखाई ना दे जनाब मुस्लिम जंग करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं आगे बढ़ते चले जा रहे हैं उस गोढ़े में पैर पड़ता है मुस्लिम उस गड़े में गिर जाते हैं ऊपर दैजों से तलवारों से इतने हमले किए गए कि आपका शदीद जख्मी हो गए गिरफ्तार करके दरबार इब्ने जियाद में लाए जाते हैं अब तफी का मौका नहीं है तामने वक्त तो में गुंजाइश नहीं रही आखिर में रिवायत कहती है जब दरबार में पहुंचे तो प्यास की शिद्दत थी जख्मी हालत में थे प्यास की शिद्दत थी जरा मुस्लिम ने फरमाया कोई है जो मुझे पानी पिला दे कोई है जो मुझे पानी पिला दे पहले तो इनकार किया गया कि नहीं ये मुस्लिम तुम प्यास से मर जाओगे तुम्हें कोई पानी नहीं पिलाएगा लेकिन एक शख्स को रहम आ जाता है वो अपने गुलाम से कहता है कि मुस्लिम को पानी पीना चाहते रिवायत कहती है की सर से खून की धारे बह रही थी सर से आका खून की धारे बह रही थी जैसे ही पीना चाह सर का खून पानी में शामिल हो गया पानी फेंक दिया उस गुलाम ने दोबारा पानी भर कर दिया रिवायत कहती जैसे पीना चाह धंदा ने उबारक जख्मी थे जैसे पीना चाह वो धंदा ने उबारक वो पानी के अंदर गिर पड़े रिवायत कहती है कि मुस्लिम ने पानी फेंका बेसाख्ता जबान पर आया लिल्लाह स्मत में आखिर वक्त पानी पीना नहीं है मैं प्यासा मरूंगा यहाँ पर वारिश मरहू फरमाते थे ये मुस्लिम बड़ा अच्छा हुआ कि आपने आखिरी वक्त पानी नहीं पिया और आखिर वक्त पानी नहीं पी सके अगर आपने पानी पी लिया होता तो शायद मैं दारे के आमद में सकी ना आपका दामन का चा तो आखिरी वक्त पानी मिल गया मगर मेरा बाबा आखिर मांगता रहा मगर कर है। और मेरा धंधा भैया बजाय पानी के तीर भाग का तीर गले पर पड़ता है फुक हुआ के किले की छत पर ले जाया जाए वहीं की गर्दन काट कर सर रख लिया जाए और बदन को पैर की दीवार से नीचे फेंक दिया जाए बहुत बलंद किला था उसका बहुत बुलंदी थी उसकी जनाब मुस्लिम को कातिल वहां ले जाता है जनाब मुस्लिम ने कहा कि अगर इजाज़त हो तो दो रखकर नमाज पढ़ लूँ अगर इजाजत हो तो दो रखकर नमाज़ पढ़ लूं कातिल ने इजाज़त दी जराब मुस्लिम ने दो रखकर नमाज पढ़ी और आज वही जनाब मुस्लिम की सुन्नत है जो हम अदा करते हैं कि नमाज के फौरन बाद ये वही जराब मुस्लिम की सीरत है हर नमाज के बाद हम जालत इन पढ़ते हैं आखिरी केमने छोड़ लीजिए क्योंकि बहुत खत्म हो गया है यहाँ इमाम हुसैन बेचैन हैं जनाब अब्बास बेचैन है जनाब अकबर बेचैन हैं ये पता नहीं मुस्लिम किस आलम में है पता नहीं जनाब मुस्लिम किसान क्या गुजरी जनाब अब्बास तड़प कर बस दो मिनट एक मिनट लेना है जनाब अब्बास इमाम हुसैन की खिदमत में आते हैं किसान है। में क्यूँकी मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है मेरा दिल बहुत तड़प रहा है पता नहीं मेरा भाई किसान है आप तो मौजूद तो नुमा है आप तो साहब एजाज है तो आप देखिए अपने एजाज के जरिए मुस्लिम की हालत क्या है और मुस्लिम किस आलम में है ये सुनना था ये अब्बास करीबाबाद आखिरी जुमले ये अब्बास करीबा जाओ जनाबे अब्बास करीबा है इमाम हुसैन ने अपनी दो उंगलियां बुलंद फरमाई और कहा कि बात इन दो उंगलियों के दरमियान देखो इन दो उंगलियों के दरमियान देखो अब जो जराब अब्बास से निगाह डाली तो देखा खड़ा हुआ मुस्लिम के सर पर वार होने वाला है और लाज इतनी बदलती जमीर पर गिराई जाने वाली है जराब अब्बास तड़प कर कहते जा आते नए जान दिखा दिया के मुझे मुस्लिम की हालत यही दिखा दी मैं से मुझे भी अरे अरे मेरे भाई की लाश इतनी बलंदी से पर अरे मैं नीचे पहुंचा जाता हूँ अब्बा जरा नीचे तो देखो दीवार के नीचे तो नजर डालो अब जब जब अम्बाज से नजर डाली देखा एक नौ अपने दोनों हाथ बहलाए मुस्लिम को अपनी आगोश में लेने जा चुकी है, है। <tayalimulladina> सुर और तीन मरतबा सूर्कल्ला की खिलावत फरमा कर जना सईदरमा मेरे जद्द हमजद जना मौलाना कलब हुसैन साहब अल मकामा मेरे वालद मौलाना कलब आबि साहब अल मकामा मेरे अमे मोहतरम जना मौाना कल्ब साजद साहब अकामा और जितने भी यहाँ परमा और जितने भी यहाँ तफ्फीन हैं उन सब को सारे समा फरमा दें एक मरतबा सूर्य एक मरतबा सूर आम और तीन मरतबा सूरक के